जब से हो सवाल है मैंने काम ही वही किया है, जिसकी अनुमति सरकार नहीं देती yeah. huh? बरून मानी जाना मानी ये लड़े अखबार आ गए थी छोटे गाली मरम्मत चल रही है जिंदगी जल्द ही उठेंगे तूफान क्या कहा अकेला काफी शरीफों को तो कुचला जाता है जनाब यहाँ रुतबा है अनाडियों का के शरीफों को तो दबाया जाता है जनाब यहां रुतबा है अनाडियों का और हम मुकाबला उनसे करते हैं जिनमें कुछ बात हो वरना मैदान बड़ा पड़ा है खिलाड़ियों का